गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा हमारे इस वीडियो में एक रॉयल पास का गिव्य है अगर आपको गेवे में पार्टिसिपेट करना है तो भाई सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको सिंपली इस बेलैकन को ऑन कर लेना होगा एंड गेट आपको सिम्पली इस वीडियो को एक लाइक कर देना होगा लाइक करने के साथ साथ आपको सिंपली इस कमेंट सेक्शन में आने के बाद आपको एक अच्छा सा कमेंट प्लस आपको अपना पबजी आई दे देना होगा एंड गेट बात करें गिवे के रिजल्ट का भाई गिवे का रिजल्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा यो यो यो वो सब गाइस कैसे हो आप सभी लोग तो गाइस आ चुका है आपका भाई आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर एंड गाइस आज की वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ PUBG का एकदम नया वीपेंट्रिक गाइस जिसमें आपको मिलने वाला है एक गन स्किन एंड गाइस दो तो लेजेंडरी आउटफिट यहाँ गई आप बिल्कुल से सी तो गैस आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाइस तो गैस इस वीडियो को पूरा देखते रहना फिर चले गए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो गई इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ये वाला वीपिन अगर आपको ये वाला वीपेन डाउनलोड करें तो गैस मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना होगा ओपन करने के बाद गैस आपको इसमें कौन सा सर्वर कनेक्ट करना है आपको बता रहा हूँ तो गैस यहाँ पर सर्वर कनेक्ट करना है सिंगापुर का तो गैस यहाँ पे कर ले तो सिंगापुर सर्च एंड गेस्ट यहाँ से मैं कर लिए कनेक्ट तो ये रहा कनेक्टिंग एंड गेस हमारा हो चुका है सिंगापुर का सर्वर कनेक्ट सिंगापुर का सर्वर कनेक्ट करने के बाद कैसे आपको अपना पबजी ओपन करना होगा सो गैस ये हो चुका है हमारा वीपेन कनेक्ट वीपिन की कनेक्ट करने के बाद कैसे आपको अपना पबजी ओपन करना होगा ओपन करने के बाद कैसे आपको जाना पड़ेगा अपने इवेंट के ऑप्शन पे इवेंट पर जाने के बाद गैस यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको मिला एक वैक्टर स्क्रीन एंड गेस आपको मिला दो रिजेंडरी आउटफिट तो गैस वैक्टर स्क्रीन कैसे दिख रही है आपको बता रहा हूँ तो बस यहाँ पे आप देख पा रहे हो वैक्टर स्किन भाई कितनी ज़्यादा ओपी लग रही भाई साहब मतलब यार एकदम जहज स्किन है भाई पहली बार पबजी फ्री में दे रहा है परमानेंट गन स्किन एंड गई दूसरी चीज़ आपको मिल रही है एक लेजेंड्री आउटफिट जो कि है पिगलेट सेट एंड ग आपको मिल रही है कॉ लेजेंड्री आउटफिट यह भी आपको दिखा देता हूँ मतलब यार एकदम खतरनाक वाला आउटफिट दे रही भाई बट यार ये लिमिटेड टाइम के लिए बट चलो कोई बात नहीं तो बस और आपको मिल रहा है यहाँ पे क्रेट कोपन स्क्रैप और आपको मिल रहा है बी पी सो गैस अब आपको इन सब को लेना कैसे आपको बता रहा हूँ तो गैस इन सबको लेने के लिए आपको चाहिए गोल्डन कंपास एंड कैसे आपको चाहिए सिल्वर कंपास तो गैस ये सब कंपास आपको मिलेंगे कहाँ से आपको बता रहा हूँ तो गैस यहाँ पर देखा भाई अगर आपके पास छह कंपास होंगे गोल्डन कंपास तो कैसे आपको मिलेगा एक वैक्टर का स्किन तो वैसे आपको ये सब कम्पास मिलेंगे कैसे आपको बता रहा हूँ तो गैस ये सब कम्पास आपको मिलेंगे गैस आपको क्लासिक मोड के अंदर यानी जैसे जब आप गेम खेलोगे तो वैसे आपको एक गेम के अंदर लगभग एक से दो कम्पास मिल जाएंगे मतलब यार कोई लोकेशन तो नहीं है मतलब इस कम्पास की बट जैसे आपको ढूंढना पड़ेगा मतलब आपको कम से कम एक से दो कम्पास आराम से मिल जाएंगे तो गए यही फिर कुछ था आज का वीडियो तो कैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो क्या भाई क्या करो यार जाके फटाफट से बैक्टरी स्क्रीन लो लजेंडरी आउटफिट लो तो बस यार फिर आज के वीडियो मिलते हैं तब तक टेक केयर गुड बाय